नमस्कार आइए स्वागत है आज परिचर्चा में जैसा हम जानते हैं आज का सबसे चर्चित बयान जिस पर पूरे देश और दुनिया की मीडिया में चर्चा हो रही है आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी का वह ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोस्त हु हैव सॉट रिफ्यूज इन द कंट्री इंडिया लैंडमार्क डिसीजन ऑल रोहिंग्या रिफ्यूजी विल बी शिफ्टेड टू ई फ्लैट्स इन बकरवाला एरिया ऑफ दहली दे विल बी प्राइडेड बेसिक एम्यूनिटीज यू एन एच आर सी आई डी एंड राउंड द्लॉक दहली पोलिस प्रोटेक्शन इसमें सामने लिंक भी दिया हुआ है इस पर पूरे देश में चर्चा चल रही है उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पर सफाई देनी पड़ी उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है गृह मंत्रालय ने टिप्पणी करी विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूज रिपोर्ट इन सर्टीन सेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एनी डायरेक्शन टू प्रोवाइड ई डब्ल्यू स्लैश टू रोहिंग्या इलीगल माइग्रेंट्स एट बकरवाला इन न्यू दिल्ली फिर उसके बाद दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि अभी जहाँ वहीं रहेंगे उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया चल रही है आइए देखते हैं सारा मैटर क्या है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रोहिंग्याओं को दिल्ली में उनके घर और सुरक्षा देने वाले ट्वीट पर हंगामा मचा इस मैटर में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि पूरे देश में ये कहानी चल रही है चर्चा का उद्देश्य ये है कि मैं सरकार के साथ हूँ और मैंने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार का साथ दिया है हमेशा सरकार का सपोर्ट किया है जहाँ भी सरकार को कोई कुछ बोलता है मैं केंद्र सरकार का सपोर्ट करता हूँ और मेरे फेसबुक और सोशल मीडिया में केंद्र सरकार के विरोधियों से मेरी हमेशा और टॉप और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं मैं सरकार की हर अच्छी बात का समर्थन करता हूँ लेकिन केंद्र सरकार से मेरे कुछ सवाल हैं इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री का कोई बयान क्यों नहीं आया उनको मीडिया में आके खुद जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय को आना चाहिए इतना बड़ा मैटर है उनको बोलना चाहिए बीजेपी के बहुत से प्रवक्ताओं ने बहुत साफ तरीके से सारे न्यूज़ चैनल्स में बोला है कि ऐसी कोई योजना नहीं है यह दिल्ली सरकार कर रही थी या जिसने भी किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी लेकिन गृह मंत्री का या प्रधानमंत्री का नहीं आना देश की जनता को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है हरदीप सिंह सूरी ने कोई बयान क्यों नहीं दिया हालांकि इसके बाद में उनका बयान आ गया है उन्होंने अपने बात के बयान में स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई इरादा नहीं है उनको वहीं रहने दिया जाएगा और वहाँ वापस करने की प्रक्रिया चल रही है जब वो वापस आएंगे इस पर विस्तृत चर्चा होगी कि उन्होंने किस संदर्भ में दिया और पेपर की बेस पे दिया है कि क्यों ये बयान दिया क्योंकि वो डिसीजन तो वो नहीं लेते हैं डिसीजन तो सरकार लेती है सरकार के फैसलों को अमल करना उनका काम होता है उन उच्च अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी ईवीएस जो जनता के टैक्स के पैसे से जो 1100 फ्लैट बने हैं जो सरकार जनता को देना चाहती थी देना चाहिए था उसमें इलीगल माइग्रेंट्स को बसाने की योजना केंद्र सरकार की थी या राज्य सरकार की थी और जितने भी उसमें उच्च अधिकारी शामिल थे विभिन्न विभागों के बिजली पानी और अन्य सुविधाओं देने वाले डिपार्टमेंट्स जो थे उनके जो सीईओ हैं उनके जो उच्च अधिकारी आई ए हैं उन पर केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करेगी क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसके कहने पर गलत काम किया उच्च अधिकारियों का यह कर्तव्य होता है कि चुने हुए राजनेताओं की बातों का वो विरोध करें नियम के अनुसार अगर वह चीज नहीं आ रही है तो उन्होंने क्यों उसका विरोध नहीं किया चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उन पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी क्या उनको वेतन वृद्धि रुकेगी क्या उनको सस्पेंड करेगी केंद्र सरकार यह बताए कि 2014 के बाद से कितने रोहिंग्याओं को उन्होंने वापस भेजा दे है देश में पचास लाख अवैध रोहिंग्या हैं कभी बोलते पाँच करोड़ रोहिंग्या कभी दस करोड़ कहानी सुनी जाती है पिछले सात आठ साल में केंद्र सरकार ने कितने रोहिंग्याओं हैं इनको पता लगाया है और कितने रोहिंग्याओं को वापस भेजा अब बात तुलना की आती है आपने 2014 से कितने लोगों को बाहर भेजा और उसके पहले जो दूसरी सरकारें रही हैं दूसरी पार्टियों की उन्होंने कितने भेजे उसका तुलनात्मक अध्ययन होगा तभी उसके बाद में अनालिसिस कर पाएंगे कि सरकार की मंशा कैसी रही है सात साल में आठ साल में अगर डाटा इकट्ठा नहीं हो पाया भेजना तो बहुत दूर की बात है कार्रवाई नहीं हो पाई तो बाकी ये भी शर्म की बात है फिर केंद्र सरकार के किसी मंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन न्यायालयों में सालों सालों दशकों तक केस पेंडिंग रहते हैं सात साल में आप रोहिंग्या को बाहर नहीं कर पाए केंद्र सरकार यह बताए कि देशद्रोही बयानबाजियों पर क्या कार्रवाई की देशद्रोही बयानबाज कौन एक सामान्य क्लर्क लेवल का आदमी या कोई आम आदमी किसी भी सरकारी नौकर या राजनेता के ख़िलाफ़ कोई अगर बयान करता है तो तुरंत जेल में डाल दिया जाता है कुछ देश के महान राजनीतिक जो विपक्षी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हैं वह है पिछले सात आठ सालों में सैकड़ों तेजद्रोही समर्थक बयान दे चुके हैं देश में और दुनिया में बिजती कर चुके हैं उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई करी देश के किसी भी राज्य किसी भी तहसील के किसी भी थाने में एक भी एफआईआर अगर सरकार ने दर्ज करी है तो कृपया सरकार बताए इसमें आम लोगों के मन में यह बात उठती है कि उच्च स्तरीय राजनीति में सब भाई भाई होते हैं यह सिर्फ कहने की बातें हैं जैसे राजनेता एक होते हैं सारे चुनाव के समय लड़ाई करते हैं आपने क्या कार्रवाई करी जो देश के खिलाफ बयान देते हैं या दे रहे हैं और वो भी नेता प्रतिपक्ष जैसी जगहों पर जो बैठे हैं जानकारी दें देश की जनता आपके साथ है लेकिन कुछ गंभीर प्रश्न है जिसको सरकार से जानने का उन्हें अधिकार है मुझे अधिकार है और यह लास्ट जो लाइन है मैंने इसलिए पूछिए क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखी थी इसमें पूछा था कि देशद्रोही बयानबाजियों पर आप क्या कार्रवाई करते हैं एक आम आदमी इन पर कार्रवाई नहीं कर सकता केंद्र सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है तो प्रधानमंत्री कार्यालय से मेरे पास चिट्ठी आई कि नहीं अगर आपको दिक्कत है तो नज़दीकी थाने में जाके आप एफआईआर कर दीजिए सरकार अपने हिसाब से काम करेगी अर्थात इन पर कभी कार्रवाई नहीं होगी और जैसा मैंने पहले ही बोला था कि एक आम आदमी किसी बड़े राजनेता से लड़ने की स्थिति में नहीं होता है खैर जो भी हो बात चली है दूर तक जाएगी हमारा अधिकार है जब हम हाँ आपको वोट देते हैं तो पूछने का भी अधिकार होता है धन्यवाद